डार झूमूलना मादरगा झूले झूलना। आशी से देवी रही मना लंगोर हे चमर ठोरा वे तीरा लंगुरे चमर ठोरा वे चरण दबाए के माय मोरी गा रहे मोरी तुम आए जस गा रहे मोरी गा नबसे पेपोल सुमन बरसते से बेपुल सुमन बर सत है फीरा चलो मरिया में चलो मरिया में जहां बैठी भवानी हिंग लाज रे उदासीमा तो दरस की प्यासी प्यासी प्यासी की की प्यामासीवदासी प्यारा जवदासी भवानी भुवनवा दरस में मान नमनवा दुर्गा मोरी पावनी हो मा दुर्गा हो माए दुर्गा पावनी हो माय बोरी दुर्गा बनी मोरी पावनी हो कहा करो सतकार के माये मूरी कहा करो सतकार के माय मोरी दुर्गा जी चौकी बैठ का चौकी बैठाओ चौकी बैठाओ रोज रोज पान के बीड़ा माँ तुम्हे खवाओ तुम्हें खवाओ कर बे जाने हरे दर्शन कर बे जुर्जस दुर्गा के जोतन मिलने नहीं यारे दारो चित्र चित ब बिसरत नै रे माँ को तो रूप अनूप विचे त्रचित्रचित बिसरत नही यारे तो गाड़ो मेरे जो रा बंधन बंधन बंधन माया माया के मा माया के नोरियोदन भूनिया मना अरे भूमिया ना मना ने मनाऊ अरे कत तैयो दरस माई जगतारण दे दै हाँ। दरस माई जगता करे रघुबर के कारज सफल करे रघोबर के कारज सफल करे रघोबर के मोरिया अरज माई सुन लै हाँ मोरिया अरज माई सुन लै दे अर्जुन की तेने विजय करी अर्जुन की हो ऊ सही विजय मोए दे दइयो दे